आज की तेजी से भागती दुनिया में प्रेजेंट मोमेंट में रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है जहां हम लगातार डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस से घिरे रहते हैं हालांकि माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और प्रेजेंट में मौजूद रहना आपको अधिक केंद्रित और शांत महसूस करने में मदद कर सकता है वर्तमान क्षण में जीने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्तमान क्षण की जागरूकता पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली एक्सरसाइज है चुपचाप बैठने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विचार भावनाओं या संवेदनाओं पर ध्यान दें जो निर्णय के बिना उत्पन्न होती हैं अपनी सेंसेज को बिजी रखें अपने आसपास की जगहों ध्वनियों स्मेल स्वादों और बनावट पर ध्यान देकर अपनी सेंसेज को व्यस्त रखें यह आपको प्रेजेंट में पूरी तरह से मौजूद रहने में मदद करता है और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है अपने विचारों से अवेयर रहें जब आप अपने मन को अतीत या भविष्य में भटकते हुए देखते हैं तो उसे धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाएं। अपने विचारों को बिना निर्णय के देखने का अभ्यास करें और उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजरने दें धीमा करें धीमा हो जाए और अपना समय रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे खाने चलने और बात करने में लगाए यह आपको अधिक उपस्थित होने में मदद करता है और आपके दिन को शांत और विश्राम की भावना ला सकता है ग्रेटिट्यूड का अभ्यास आप जिस चीज के लिए आभारी हैं उस पर चिंतन करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकालें यह वर्तमान क्षण के लिए सकारात्मक मानसिकता और प्रशंसा पैदा करने में मदद करता है याद रखें वर्तमान क्षण में जीना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें समय और मेहनत लगती है इन तकनीकों का अभ्यास करते रहें और समय के साथ आप अपने दैनिक जीवन में खुद को अधिक उपस्थित और केंद्रित पाएंगे दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद